मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा इंदौर में जी समूह की बैठकों के अंतर्गत कृषि कार्य समूहों की पहली बैठक की जा रही है जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी भाग ले रहे हैं बैठक में कृषि उत्पादन बढ़ाने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी वही इस दौरान चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से एक और सवाल का जवाब मांगा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा इस जी समूह की बैठक में जिसकी अध्यक्षता मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है इसमें लगभग 20 देशों के समूह भाग लेंगे और इंदौर में जी ट्वेंटी समूह की बैठकों के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक हो रही है जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी भाग ले रहे हैं बैठक में कृषि उत्पादन बढ़ाने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी चौहान ने कहा मुझे विश्वास है की इस बैठक का पूरी दुनिया के लिए सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय कार्य कर रहा है अनेकों उपलब्धियां हमने हासिल की है और मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ कई वर्षों से 18 प्रतिशत से ज्यादा रही है सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से लेकर कई क्षेत्रों में हमने कार्य किया है आज उन उपलब्धियों और योजनाओं को भी G20 समूह के सामने रखा जाएगा इंदौर में G20 की बैठकों के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक हो रही है कृषि मंत्री जी भी केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं इस बैठक में जिसकी अध्यक्षता जी समूह की भारत कर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 20 समूह देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे कृषि उत्पादन बढ़ाने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी सीएम शिवराज ने कमलनाथ से एक और सवाल करते हुए कहा कि आज मैं कमलनाथ जी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। कल फिर वचन पत्र की बैठक हुई वो वचन पत्र की बैठक नहीं है फिर वे महा झूठ पत्र बना रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो कुछ कहा उसको किया नहीं अब फिर एक और झूठ पत्र जिसमे जो मन में आए सब जोड़ दो करना तो है नहीं फिर से वह बनाया जा रहा है चौहान ने कहा जनता इस झूठ को जानती है और इस झूठ पर भरोसा नहीं करेगी लेकिन एक सवाल है कमलनाथ जी आपने जो वचन पत्र में कहा था वह तो किया नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जो 2018 तक चलती थीं, उनमें से एक योजना थी हमारी भारतीय सहरिया और बेगा बहनों को एक रुपए की राशि हर महीने देते थे और वो इसलिए देते थे कि घर की जरूरी आवश्यकताएं विशेषकर बच्चों के पोषण के लिए फल खरीदे सब्जी खरीदे दाल खरीदे किराने का सामान खरीदे लेकिन पंद्रह महीने कमलनाथ जी आपने अति पिछड़ी जनजातियों की बहनों के बेगा सहरिया भरिया उनके हक को छीन लिया है और एक हजार रूपया आपने पंद्रह महीने तक नहीं दिए जब हमारी सरकार आई तो फिर हमने वह पैसा उनके खाते में डालना शुरू किया कमलनाथ जी बेगा भरिया और सहरिया बहनों ने आपका क्या बिगाड़ा था क्या पोषण आहार अनुदान की राशि आपने बंद की है हम जवाब मांग रहे हैं कमलनाथ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कल फिर वचन पत्र की बैठक हुई वो बचन पत्र की बैठक नहीं है फिर से महा झूठ पत्र बन रहा है क्योंकि पिछली बार जो कुछ कहा उसको किया नहीं अब फिर एक और झूठ पत्र जिसमें जो मन में आए सब जोड़ दो करना तो है नहीं फिर से वो बनाया जा रहा है वो खबरें जो आपके काम की है